हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई होप अच्छे होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो ये एरिया है देख सकते हैं ये है मयूर बिहार थर्ड और यहां से निकलते हुए आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं न्यू अशोक नगर आर आर के स्टेशन के उस पर कितना कुछ काम कंप्लीट हो चुका है वो आप लोग देखेंगे अपनी आँखों से ये बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया जा चुका था और जो देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा न्यू अशोक नगर तक का उसके पास में ही है बायोडेक्ट और आपको बता दूं कि दोनों तरफ ये लॉन्चर लगा हुआ है इधर कौंडली की साइड में लॉन्चर लगा हुआ है जैसा कि आपने लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं न्यू अशोक नगर से लेकर और आपको सरायकाले खां तक का कि उस पर कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है क्या क्या वर्क चल रहा है वो सब कुछ आप लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो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 तो देख सकते हैं पूरा बायोडेक्ट यहाँ क्लियर हो चुका है और आपको बता दूं इस पर पैराफिट बॉल भी लगा दिए जा चुके हैं अब इन पर इलेक्ट्रिकसिटी के जो खम्भे हैं वो लगाए जाने हैं और इलेक्ट्रिकसिटी के खम्भे लग जाने के बाद में फिर इन पर ओवर हेड लगाया जाएगा दोस्तों पूरा बायोडेक्ट देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इस पर पैराफिट बॉल बनाने का जो काम था वो भी बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है अब इस पर इलेक्ट्रिकिटी के जो खम्भे हैं वो लगाए जाने फिर उन पर ओवरहेड इक्वेंट लगाया जाएगा फिर ओवरहेड बायरिंग बायरिंग लगाई जाएगी तस्वीर आप लोग देख सकते हो नज़ारे और ये है मयूर बिहार थर्ड का एरिया देख सकते हैं तो आज आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि न्यू अशोक नगर का मेट्रो न, क्या नाम है आर आर का स्टेशन कैसा बनाया जा रहा है किस तरीके से बन रहा है वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों तो उसका आगे के दिखाएंगे? आज पूरा ही आपको क्लियर कर देंगे कि सरायकाले खां तक कितना कुछ वर्क चल रहा है क्या क्या चल रहा है वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में तो बने रहो के संत के साथ में दोस्तों तो देख सकते हैं लॉन्चर ये यह यहाँ पर लगा हुआ है और ये जा रहा है न्यू अशोक नगर के लिए आरआरटीएस के स्टेशन को देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को कैसे कनेक्ट करता है इस लॉन्चर द्वारा देख सकते हैं देखो ये उठा हुआ है देखो इसने एक तो इसको जोड़ दिया है बायोप्रोडक्ट को जो इसके विंग्स हैं वो एक उठा रखा है और भी ऐसे ही सारे मतलब एक पलर से दूसरे पलर के बीच के जितने भी विंग्स होते हैं वो उठा कर ऐसे ये कैप्चर कर लेता है दोस्तों और देख सकते हैं ये आ चुका है न्यू अशोकनगर का स्टेशन दोस्तों के तो देख सकते हैं ये अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और एक पे फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है तो यही वर्क चल रहा है और ऊपर के दो जो कैब बनाने का काम है वो चल रहा है यानी कि कौन कौन लेवल का तो ये कंप्लीट हो चुका है और उधर ये पिलर बनाए जा रहा है भरे जाने देख सकते हैं आप लोग अपनी आंखों से देखो अभी यही वर्क चल रहा है यहाँ पे देखो ये अभी इस पे पिलर का जो पिलर कैप का काम है वो किया जा रहा है दोनों साइड में देख दो तो सैटरिंग लगी हुई है ये पहले कौन कौन सिलवल का पहले ये पिलर कैप को बनाया जाएगा फिर इसके बाद में सेकंड फ्लोर के लिए बनाया जाएगा और ये राइट साइड देखे लेफ्ट हैंड पर जा जाती है मेट्रो ये देख सकते ये है ब्लू लाइन ये ब्लू लाइन है और ये जा रही है नोएडा के लिए और यह है यूँ यहाँ पर न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन को दोस्तों और दूसरा हो जाएगा आरआरटीएस का स्टेशन तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से ये से मेट्रो स्टेशन को ये आरआरटीएस क्रॉस करेगी देख सकते हैं ये सरियाओं को जाल बना खड़ा कर दिया जा चुका है इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट की मदद से ये भरे जाएंगे फिर इन पर पलर कैब का, का काम किया जाएगा दोस्तों जैसे ही हम इसको बिल्यू लाइन को क्रॉस करते हैं और आपको इधर चलते हैं यमुना रिवर की तरफ तो आप लोग देखेंगे दोस्तों ये है नाला और नाले पे ही ये वर्क चल रहा है अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है नाले के बीच में पहले मिट्टी डाली जाएगी मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर पाइल किया जाता है क्योंकि ये क्रेन मशीन है ये यहाँ पर आने के लिए खड़ी की जाती है तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये मतलब पाइलिंग की जा रही है मशीनों द्वारा इसमें आपको बता दूँ कि जमीन के अंदर यहाँ पर इस नाले के बीच में दस होल किए जाएंगे नीचे ज़मीन के फिर इनके बाद में एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा तस्वीरें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है देखो ये नाले के बीच में ही पिलर बनाए जाएँगे और बन जाने के बाद में फिर इस पर एक पिलर खड़ा किया जाएगा जैसे कि वो पिलर बन चुका है उधर का यानी कि जो हम आएंगे उधर की साइड से किधर अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जाएंगे तब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हैं अभी एक पिलर की तो इन्होंने पाइलिंग कर दी है देख सकते हैं ये ज़मीन के अंदर दस गया ये देखो ये एक पिलर की पाइलिंग कर दी है इन्होंने और इस पर कंक्रीट भी डाल दिया है अंदर और ऐसे ही इसमें अभी चार पाँच हॉल और होने यानी कि पानी के अंदर जती ज़मीन होती है उसी तरीके से ये ज़मीन के अंदर हॉल किए जाते हैं और फिर उसके बाद में इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बनाने के बाद में इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा यानी कि सरियाओं का जाल खड़ा कर दिया जाएगा फिर सरियाओं के जाल में उनमें रिंग लगाए जाएँगे गोल गोल फिर उसके बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है अभी इस साइड में न्यू अशोक नगर की साइड में तो अभी पाइलिंग का ही काम चल रहा है यहाँ पर ज़मीन के अंदर और पाइलिंग हो जाने के बाद में फिर आपको पता ही है कि प्लर बन के, के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी पी को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो वेलाइकन भा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी के चैनल पर दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर ये यह पाइल कर दिए गए हैं और अब दूसरा पिलर वो बनाया जा रहा है वहाँ पर और तीसरा पिलर के ये पाइलिंग कर दी गई है लंबे लंबे बनाए जाएंगे तो देख सकते हैं ये आ चुके हैं हम यमुना रिवर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ये यह बिल्कुल पिलर कंप्लीट हो गए हैं आधे पिलर बिल्कुल कम्प्लीट हो गए और देख सकते हैं आधे पर ये काम चल रहा है अभी देखो ये इनकी हाइट ऊँचाई पर है ना तो इन पर अभी रोड को क्रॉस करेंगे फिर इसकी नई न्यू अशोक नगर के मेट्रो स्टेशन को भी क्रॉस किया जाएगा फिर उसके बाद में इनकी हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो आधी हाइट हो चुकी है आधी अभी और ऊँचे अभी हाइट की जाएगी इनकी फिर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें तो आप लोग बताओ कि के, के आप लोगों के बीच में कैसी वीडियो बनाता है और कैसी लाता है वो आप लोगों को बताता है तो देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल की मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो भी है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों और आपको बता दूँ आपके लिए एक खुदखबरी है जितने भी हमारे दोस्त यार जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर जितने भी देखते हैं उनके लिए मैं इस दीपावली के बाद में नए कैमरे से 4K में वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा के पी संत के चैनल पर दोस्तों तो देख सकते हैं यहां पर यह फाउंडेशन बनाया जा रहा है फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जाता है वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं डी की साइड में और डी की साइड में देखो एक पिलर ये बचा हुआ है जो अभी इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों और फाउंडेशन बन जाने के बाद में फिर इस पर देख सकते हैं जैसा ये सेटिंग लगी हुई है उसी तरीके से ये पिलर कैप का काम चल रहा है इधर भी ये भरा जाएगा पिलर और ये हम आ चुके हैं डीएनडी के ऊपर और देख सकते हैं ये यमुना रिवर इसके लास्ट में है उससे पहले ये बायोटेक्ट देखो यहाँ पर ये दोनों दोन दोनों क्रन मशीनों के द्वारा ये यहाँ पर बायोटेक्ट जोड़ा जा रहा है और इसके उस साइड में है यमुना रिवर तो देख सकते वो जो आपको क्रैन मसीने चमक रही हैं वो लास्ट में वो यमुना रिवर के अंदर हैं दोस्तों तो देख सकते हैं ये डीएनडी का पार्ट डीएनडी के बीच में एक पिलर है और देख सकते हैं ये है टोल प्लाजा जो कि बंद कर दिया चुका है और ये मयूर बिहार की तरफ से ये डीएनडी में कनेक्ट हो जाता है दोस्तों यानी कि यमुना रिवर में जा मिल जाता है तो देख सकते ये है यमुना रिवर का सीन तो यहाँ पर तो अब आप, आप लोग देख सकते हो कि ये ग्रैंड मशीन द्वारा ये बायोडेक्ट को जोड़ा जा रहा है फैक्टरिंग लगी हुई है क्योंकि इन्होंने तीन पिलर तो कनेक्ट कर दिए हैं और ये है यमुना रिवर देख सकते हैं यमुना रिवर पीछे निकल चुकी है आप जब जा रहे हैं हम आपको बता दूं दोस्तों सराय काले खां की तरफ और ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना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 जो कि एक पलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बिंगस को किस तरीके से ये लॉन्चर उठाता है फिर एक साथ इसको कनेक्ट करता है दोस्तों चार से पाँच तो दिन में ये एक पलर से दूसरे पिलर को ये लॉन्चर कनेक्ट कर देता है जो कंपनी बर्क कर रही है वो है ऐप द्वारा यहाँ पर कंपनी बर्क कर रही है और ये ऐपकॉन कंपनी का ही ये लॉन्चर लगा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं तस्वीर और ये सीन है डीएनडी का ये है डीएनडी जो आ रहा है आश्रम की साइड से और ये पिलर देख रहे हैं ये जा रहा है आपको बता दूं त्राई कल खां की तरफ यानी कि आश्रम की तरफ जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें तो आप लोग बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों के इंफॉर्मेशन कैसा लगा और आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पी के चैनल पर देखते रहोगे दोस्तों आते रहेंगे पर और मैं दिखाता रहता हूं और आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों कि इस आर पर कितना कुछ वर्ग चल रहा है डेली देहरा डेली मेरठ आर आर जो बनाया जा रहा है बयासी किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों इकतीस हजार करोड़ की लागत से यह बनाया जा रहा है 14000 इसमें वर्कर लग रहे हैं और 1100 इसमें सिविल इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं दोस्तों तो देख सकते हैं परियोजना बहुत तेजी के साथ में चल रही है और जो इसका प्रियोरिटी सेक्शन है वो 17 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों उसमें मार्च में स्टार्ट हो जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय जै भारत